रीवा महापौर अजय मिश्रा ने नगर निगम में अपने चार माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई मिश्रा ने कहा कि मुख्य समस्या मीठे पानी की थी जिसका डीपीआर बनवाकर कर करोड़ की अमृत योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए भेजा गया वहीं इस दौरान मिश्रा ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को भी निशाने पर लिया रीवा महापौर अजय मिश्रा ने सड़क निर्माण नाली सीवरेज के साथ अनुपलब्धियां गिनाई उन्होंने कहा विगत बीस वर्षो से डेढ़ करोड़ से अधिक का पैसा पीने के पानी में खर्च हुआ है और रीवा के लोगों को आज भी दिन में दो वक्त कुछ वार्ड में ही तीस मिनट मुश्किल से पानी मिल पाता है महापौर ने कहा एकल खिड़की का संचालन के साथ साथ चार महीनों में जो निविदाएं की गई हैं उतनी निविदाएं भाजपा शासनकाल में तेईस वर्ष में नहीं निकाली इस दौरान महापौर ने रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ला के साथ भाजपा के पूर्व महापौर भी जमकर निशाना साधा उन्होंने भूमि पूजन के नाम पर की जा रही फिजुल पर भी तंज कसा पीने का पानी एक करोड़ की योजना का डीपीआर हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली एमआईसी की बैठक में हमने उसको पास करवाया अमृत जीरो अमृत टू पॉइंट जीरो के तहत हमें नब्बे करोड़ रुपए मिले थे जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी ना मिल पाता तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के एक करोड़ की योजना स्वीकृत की हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे भय हुआ रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठकते रहे